नव वर्ष की असीम शुभकामनाओं के साथ मैं ज्योतिर्विदासीस पांडे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस ज्योतिष के एक बहुत ही बेहद उम्दा और खास चैनल है ऐतिहासिक चैनल है एष्टोविदाशीष पर दर्शकों नया वर्ष आप सभी हमारे जातकों के जीवन में नए रंग लेकर के आए नई खुशियां लेकर के आएँ ऐसी भगवान श्री हरी विष्णु से हमारी प्रार्थना है दर्शकों जो भी हम उपाय बताए हैं सभी राशियों के लिए आप लोग नववर्ष पर अपना राशिफल जा कर के वार्षिक राशिफल भी देख सकते हैं प्लस जो स्टूडेंट्स हैं कैरियर राशिफल देख सकते हैं यदि आप किसी के साथ रिलेशन में हैं तो प्रेम राशिफल भी सभी राशियों का हमने इंडिविजुअल अपने चैनल पर बना दिया है यदि आपको अपनी राशि नहीं पता है कोई बात नहीं अंक ज्योतिष के अनुसार मतलब मूलांक के आधार पर भी हमने राशिफल बताया है हमारे चैनल पर आप लोग जा के देख सकते हैं उसका लाभ ले सकते हैं दर्शकों बुधवार का राशिफल अर्थात एक जनवरी 2020 का राशिफल मेष मेस लेकर के मीन ले राशि के, के जातकों के लिए नया साल क्या खुशियां लेकर के आया है आज इसी विषय पर हमारी चर्चा रहेगी साथ ही साथ दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे प्रस्तुत राशि चंद्रमा के गोचर पर आधारित है चंद्र राशि पर आधारित है देशे ग्रामे ग्रह युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानम जन्म राशि ना चिंतित विवाहे सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचरे जन्म राशि प्रधानत्व नाम राशि न चिंतित जन्म राशि की प्रधानता करिए आप तो आप फट आपके, तो आप आपके साथ क्या क्या घटित होगा आप लोगों के में भी आप आते रहते हैं चलिए दर्शकों आज के पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं तो विक्रम संबत दो हजार छह मास चल रहा है एक जनवरी 2020 सूर्योदय होगा प्रातः 6 बजकर उनसठ मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को 5 बजकर 19 मिनट पर तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की षष्टी और यह रहेगी एक जनवरी की सुबह माफ करिएगा एक जनवरी की शाम को 6 बजकर सत्ताईस मिनट तक की उसके उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी ब्रह्मा पुराण में क्या बताया गया है तो साफ ष्ठी तिथि में जो करी पत्ता आप लोग खाते हैं वो मत खाइएगा नीम का दत्वन मत करिएगा नीम की पत्ती मत चबाइएगा सप्तमी तिथि को आपको क्या करना होगा तो सप्तमी तिथि को ताड़ का कोई फल नहीं खाते हैं साथ ही साथ आंवले का सेवन नहीं किया जाता है शास्त्रों में इसकी मनाही है यदि आप ऐसा करते हैं तो अगला जन्म मनुष्य का नहीं होगा अब आप लोग जान जाइए जो भी हम आपको चीजें देते हैं ये बड़ी अथेंटिक देते हैं पुराणों से ला करके देते हैं तो दर्शकों फटाफट लाइक तो करिए क्योंकि बहुत ही कम समय में हम आप लोगों को राशिफल बताते हैं हम भी चाहें तो इधर उधर की फालतू की बातें आप लोगों से कर सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करते क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो सम्मानित दर्शक दर्शकगढ़ हैं इनका एक एक मिनट बड़ा कीमती है नक्षत्र पर आ जाते हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा करड़ रहेगा तैतिल इसके उपरांत गर योग रहेगा व्यतिपात और फिर वरियान योग रहेगा शुभ समय पर आज हम आ जाते हैं क्योंकि आज नया दिन है और शुभ समय की शुरुआत जो है आज कब जो है आप लोग कार्यों को शुभ कर सकते हैं तो देखिए आज अगर कोई अच्छा कार्य करना है तो शाम को सात बजकर चौबीस मिनट से नौ बजकर ग्यारह मिनट के बीच करिएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा राहु काल पर आ जाते हैं दोपहर तो बारह से एक तक का जो समय रहेगा ये राहुकाल का रहेगा देखिए चंद्रदेव रात में नौ तक तो कुंभ राशि में चलाएवान रहेंगे इसके बाद मीन राशि में इनका संचरण हो जाएगा सूर्यदेव राशि में संचरण कर रहे हैं दर्शकों आज का जो दिशाशुल रहेगा बुधवार का ये कब रहेगा किस दिशा में रहेगा तो उत्तर दिशा की ओर दिशाशूल रहेगा उत्तर दिशा में यात्रा करने से आज आपको बचना रहेगा यदि यात्रा करनी पड़ जाए तो आपको करना क्या पड़ेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज, आज आप लोग इलायची का सेवन करिए आप लोग पिस्ते का सेवन करके यात्राएं कर सकते हैं और आज जो योग रहेगा ये रहेगा आनंद योग सिद्ध योग तो तमिल योग है यह सिद्ध योग तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहने वाला है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर के आया है नए साल का जो है पहला राशिफल मेष राशि के जातकों आज का दिन मतलब नए साल का पहला दिन काफ़ी अच्छा रहेगा जो जातक पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आज उन्हें आर्थिक लाभ मिल सकता है दोस्तों के साथ आज आप लोग कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं दूसरों की भावनाओं का आज आप लोग सम्मान करेंगे आज आपकी जो मित्र सूची है ये थोड़ी सी लंबी होगी मित्रों की सलाह आज आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहेगा माहौल रहेगा प्रेम के मामलों में गंभीरता और गोपनीयता आज बनाए रखें व्यापार में अच्छा लाभ होने से मन प्रसन्न रहेगा आज उपाय के तौर पर करना क्या चाहिए तो सबसे पहले तो आज सभी लोगों को बड़ों का पैर छू करके आशीर्वाद लेना चाहिए उनको जो है दंडवत प्रणाम करना चाहिए साथ ही साथ ईश्वर के सामने भगवान के सामने एक देसी घी का दीपक जलाइएगा और जो भी यदि आप लोगों ने गुरु दीक्षा ली हुई है तो गुरु मंत्र का एक बार जाप जरूर करिएगा शुभ आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ऑरेंज और शुभ अंक के लिए रहेगा ये रहेगा आठ वृषभ राशि के जातकों आज आपका दिन आपके फेवर में रहेगा नए नए लोगों से आज आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे खास करके जो व्यापारी वर्ग हैं उनको आज बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है उनके सामान की बिक्री अधिक होगी उनको धन लाभ होगा घर परिवार में खुशियों का आगमन होगा किसी नए मेहमान की एंट्री आज आपके घर में हो सकती है आपकी व्यवहारिक प्रवृत्ति को देख लोग आज आपकी प्रशंसा करेंगे भाइयों के साथ परिवार वालों के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं प्लान बना सकते हैं बड़ों के प्रति आज आपका व्यवहार अच्छा बना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज किसी भी प्रकार के एल्कोहल का सेवन मत करिएगा जरूरतमंदों को वस्त्रों का आज आप लोग भेंट करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ मिथुन राशि आज आपका दिन काफी अच्छा बीतेगा लोग आज आपसे काफी प्रभावित होंगे आपके काम काज से प्रभावित होंगे मन आपका प्रसन्न रहेगा धन लाभ के नए नए रास्ते नजर आएंगे आज किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपको बिजनेस में काफी फायदा करा सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में किसी प्रभावशाली व्यक्तित्व से आज, आज आपका संपर्क हो सकता है मनोबल और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी दैनिक कार्य सरलता से होंगे नए साल का पहला दिन तो आज मंदिर में जाइए अनाथालय में जाइए कुछ बच्चों को गिफ्ट दीजिए और भगवान के चरण छू करके आज आप लोग आशीर्वाद दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा हरा और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा तीन वहीं कर्क राशि के जात को नौ वर्ष का पहला दिन कैसा रहेगा तो देखिए साहब आज आपका दिन बहुत ही अच्छा बीतेगा आसपास काम करने वाले कोई व्यक्ति आज, आज आपको हेल्प करते हुए नजर आएंगे उच्च अधिकारियों से आज, आज आपको प्रसन्न जो है मतलब कोई गिफ्ट मिल सकता है कोई इनाम मिल सकता है आपके कार्यों की प्रशंसा होगी आपका जो यश है ये चहुओर आज फैलेगा आपके कार्यो के द्वारा पैसों के मामलों में आज जल्दबाजी में कोई निर्णय मत कीजिएगा बस इतना साज आपको हम सलाह देना चाहते हैं साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा जोश में होश मत खोइएगा न्यू ईयर है एंजॉय करिए अच्छी तरीके से एंजॉय करिए कारोबार में पार्टनर की राय से आज आपको फायदा हो सकता है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो साहब आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि गाय को आप लोगों को गुड़ में रोटी जो है रोटी में गुड़ डाल करके गाय को खिलाना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है सिंह राशि सिंह राशि के जात देखिए आज परिवार में कुछ अनबन हो सकती है जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के मतभेद हो सकते हैं तो प्लीज साल का पहला दिन हम मतभेद मत लियेगा आप लोग साथ ही साथ आज ऑफिस में आपको जो है आपके कार्य बनेंगे बिजनेस में लाभ के योग सिंह राश के जातकों को बन नया साल है तो कोई बहुत बड़ा आज आप कर सकते हैं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन भागदौड़ में बीतेगा आज पारिवारिक परेशानी से निपटने में समय लगेगा शाम को थोड़ी सुस्ती और थकान महसूस हो सकती है उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज गरीबों को विकलांगों को पका हुआ भोजन आप लोग जरूर कराइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा यह रहेगा अच्छी बढ़ेगी धन लाभ के आसार बन रहे हैं खास करके विवाहितों के लिए आज का दिन खुशियों भरा रहेगा आज किसी नए प्रेम का आप लोग प्रादुर्भाव कर सकते हैं किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने पर आज आपका मन हर्षित रहेगा जरूरतमंदों को वस्त्रों का आज आज आपको दान करना रहेगा, रहेगा? रहेगा शुभ शुभ कलर कलर आपके लिए तो आपके लिए लिए क्या तो कोशिश व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छह उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कि आज किसी महिला को कुछ मीठा जरूर दीजिएगा खाने के लिए साथ ही साथ गणपतिथर्मशीर्ष का पाठ करिए भगवान गणेश का आशीर्वाद नए साल पर लीजिए लिब्रा जी हाँ तुला राशि के जातकों आज आपका दिन सामान्य रहेगा नए साल का पहला दिन कहीं बाहर दोस्तों के साथ मौज मस्ती पर घूमने के लिए जा सकते हैं ठंड अधिक है तो थोड़ा सा अपने शरीर का ध्यान रखिएगा अन्यथा किसी मौसमी बुखार के चपेट में आ सकते हैं आज सबको साथ लेकर के चलने की कोशिश आप लोग करेंगे किसी दोस्त के साथ पार्टी में जा सकते हैं आज आपको ज़्यादा संवेदनशीलता से बचना चाहिए साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति के व्यवहार पर आज आपको अफसोस हो सकता है आज जीवन साथी के साथ संबंध आपके बेहतर रहेंगे आप लोग कहीं बाहर जा सकते हैं उपाय के तौर पर तो माता पिता के साहब आप लोगों को चरण छू करके आशीर्वाद लेना रहेगा साथ ही साथ ओम गंगा गणपत नमः मंत्र का एक सौ आठ बार आप लोग जाप करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा दो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती स्कॉर्पियो अर्थात वृश्चिक राशि क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो आज आपका दिन अच्छा रहेगा आज आप बड़ी से बड़ी समस्या का हल आसानी से निकाल लेंगे यात्राओं पर जो थकान है यात्राएं जो आपने की है उससे आज आपके शरीर में जो थकान रहेगी उसको आप लोग निकालते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपका स्वास्थ्य भी बेहतर कुछ रहेगा आराम करेंगे मौज करेंगे कानूनी मसलों को हल करने के लिए आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा आज आपका मन प्रसन्न रहेगा कोशिश कीजिएगा कि आज चिड़ियों को आप लोगों को जो है बाजरा डालना रहेगा कबूतरों को बाजरा डालिए साथ ही साथ आज विष्णु सहस नाम का आप लोग पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा सेफ्रॉन कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा एक धनु राशि धनुराशि तो नए साल का पहला दिन आज आपका दिन खुशियों भरा रहेगा खास करके धनुराशि के यहाँ छोटे बच्चों को पिता से आज कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मिल सकता है घर वालों के साथ कहीं घूमने फिरने बाहर जा सकते हैं शाम को दोस्तों के साथ पार्टी में जा सकते हैं वहां जा कर के आज आप लोग तो एंजॉय करते हुए दिखाई पड़ेंगे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी बच्चों के साथ आज आप लोगों के पल बहुत अच्छे पीतेंगे तो धनु राशि के जात को उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो सबसे पहले देखिए आज नहाने वाले पानी में आपको थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी आप लोग कोशिश कीजिएगा शहद मिलाइएगा तब स्नान करिएगा और आप लोग दुर्गा सप्तशती के किलक कवच अर्गला और सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत का पाठ करिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ कैप्टिकॉन मकर राशि नए साल की कैसी रहेगी शुरुआत तो आज पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य बना रहेगा मनोरंजन में पैसे आज, आज आपके खर्च हो सकते हैं बच्चों के साथ बहुत अच्छा आप लोग टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कॉन्फिडेंस लेवल आज मकर राशि के जातकों का सातवें आसमान पर रहेगा ऑफिस के किसी काम में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए गलती होने की कुछ संभावना बढ़ सकती है पुराने मित्रों से आज आपको कोई मदद मिलेगी धैर्य से काम करना आपके लिए बेहतर रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा आज गणेश जी को आप लोग मोदक का भोग लगाइए या मोदक नहीं मिलता है तो बूंदी से बने हुए लड्डूओं का भोग लगाइए और इसको गरीबों में बांट दीजिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः एक कुंभ राशि के जात क्या कुछ रहेगा नए साल का पहला दिन लेकर के आया है तो पहले तो आप लोग जा करके अपना अपना वार्षिक राशिफल हमारे चैनल पर देख सकते हैं कैरियर राशिफल प्रेम राशिफल सभी राशिफल पड़े हुए हैं और फटाफट इस चैनल को देखिए सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन आप लोग दबाइए कुंभ राशि आज कामकाज में आपका पूरा मन लगेगा अगर किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो उसे आज समय से पहले ही पूरा कर लेंगे लव मीट के लिए आज रिश्तों में मिठास भरने का दिन है किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत होगी लंबी दूरी की यात्राओं का योग है आज स्टूडेंट अपने पढ़ाई पर ध्यान दे तो बेहतर रहेगा आज कोशिश कीजिएगा कि किसी छोटी कन्याओं को आप लोगों को मीठा जो है देना रहेगा साथ ही साथ यदि यदि आज आपको कहीं किन्नर दिख जाएं तो उनको जरूर आप लोग कुछ मीठा खिलाइए गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए आपके सभी काम पूर्ण होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ग्रे शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा चार अंतिम राशि पर चलते हैं हमारी अंतिम राशि आती है मीन राशि मीन राशि के जातकों नए साल का पहला दिन बेहतरीन रहेगा लोग आज आपसे सहानुभूति रखेंगे कार्य क्षेत्र में आज आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है अध्ययन अध्यापन से जो जुड़ी हुई शिक्षिकाएं हैं इनके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा उच्चाधिकारियों का साथ मिलेगा सामाजिक कार्यक्रमों में आज आप लोग प्रतिभाग कर सकते हैं बिजनेस में आज नए लोगों से आपके रेफरेंस स्थापित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एग्जाम में आज, आज आप लोग सफल होंगे परिवार वालों के साथ शॉपिंग करने बाहर जा सकते हैं किसी दोस्त की पार्टी में जाने से आज पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है गणेश जी को आज आपको दुर्भा करना है विष्णु सहस नाम का आज आपको पाठ करना है यथेष्ट फल आपको प्राप्ति होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच तो ये तो था नए साल का हमारा राशिफल से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन दबाइए वार्षिक राशिफल से लेकर के मीन राशि हमारे चैनल पर पड़ चुका है अंक ज्योतिष मूलांक के आधार पर भी राशिफल पड़ चुका है ए से लेकर जेट तक यदि आपका नाम है हमारे चैनल पर जाकर देखिए आपका क्या स्वभाव है भागीरथ श्रृंखला पड़ी हुई भविष्यवाड़ी पड़ी हुई है प्रेम राशिफल पड़ा हुआ है किसी चीज की कमी नहीं है आप लोग बस जाइए और देखिए दीजिए इजाजत और आप लोगों को एक बार पुनः नौ वर्ष की असीम के साथ छोड़े जाते हैं साथ ही साथ ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग बुलंदी के उस शिखर पर पहुंचे जहां आपने कभी जो है सोचा ना हो तो दीजिए इजाजत तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद